आप में से कितने लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड के लेकर केवल बढ़ जाएगा यह बताने से पहले कौन है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं यूट्यूब के बारे में यूट्यूब में क्या है कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो करोड़ों चैनल है जो अलग अलग जॉनल्स में है अलग अलग कैटेगरीज में है उसमें से दो बड़ी कैटेगरीज है मोटिवेशन और एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड का नंबर वन मोटिवेशन चैनल है वो मेरा है और जो वर्ल्ड का नंबर वन एजुकेशन चैनल है किसी इंडिपेंडेंट क्रिएटर का वो उनका है जो कि हमारे गेस्ट है उनके 17 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज एंड गेव एन एनर्जी सर चलिए कैसे आप इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ पूछे या करे मेरे माइंड में इंटरक्ट मतलब मतलब कर दिया आपने बच्चों के ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं हमारे पे भी इतना कमेंट आया <laughs> मेरे तो ऑफिस में लोग चले आए कि सर कब जा रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़ाना है <laughs> <laughs> देखिये हम लोग का मेन है कि बच्चों को जो जरूरत रहती है कि अगर लड़का पढ़ने आ रहा है ना उसके मन में कोई डाउट ना रह जाए हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं दम है तो भूल के दिखाओ <laughs> याद करके नहीं प्लस <laughs> आप जिस प्राइस पॉइंट पे पढ़ा रहे हैं आई थिंक वो सबसे कम है वो बहुत ही कम है सर ये जो फीस का कल्चर है ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है हमारा इंडियन कल्चर गुरु दक्षिणा है उस हिसाब से वो सही है ऑक्सीजन जैसे जिंदगी के लिए जरूरी है वैसे एजुकेशन जरूरी है कोई ये नहीं कह सकता है कि पैसे के वजह से वो खान सर के यहाँ से लौट गया <laughs> क्या बात <laughs> मैंने देखा कि आपका ये जो चैनल है hmm. कि ये पिछले तीन साल के अंदर अंदर ही ग्रो किया है हमको जब चैनल शुरू हुआ तो ए, एक दिन में हम चार पांच वीडियो बनाए एक हमको कुछ आता आज भी नहीं आता इतना तो हम देख के कैमरा वा तो हम कन्फ्यूज हो गए बापरे <laughs> तो हम एक ही दिन में वीडियो शूट किए पढ़ाने वाला टॉपिक था हमको उसके बाद कभी वीडियो नहीं छः सात वीडियो एक ही बार शूट कर लिए और एक जो थे जिनका कैमरा वगैरह था मेरे पास कैमरे भी नहीं थे उस टाइम और कैमरा पैंतीस हज़ार का था तो छः महीना इसी में लग गया जो अब हज़ार इसी में फँस जाएगा <laughs> <laughs> तो उनके कैमरे से शूट किए उन्होंने कोई चार्ज लिया उसके बाद हम छोड़ ही दिए लॉकडाउन लगा तब हम कहें आप कैसे पढ़ाएंगे तो एक दिन दो दिन करते करते अचानक लंबा हो गया तब हमको लगे याद आया कि ओ मेरा एक चैनल भी है वहाँ पर तो उस समय उस पर लगभग तीस हजार सब्सक्राइबर हो चुके थे तो जैसे लॉकडाउन लगा तो उस पर पढ़ाना चालू किया और पता नहीं क्या लोगों को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आ गया कि <laughs> आपका स्टाइल ऐसा है थोड़ा तो सा आप आई थिंक पढ़ाई के साथ साथ में जो बीच बीच में आप थोड़ा बहुत छोड़ते रहते हैं ना मतलब जो मतलब <laughs> जो ये, चलता रहता है। ये बात हम देखिये जब हम गुलाम थे ना तो अंग्रेजों ने एक चाल चला था कि भारत को हम फिजिकली गुलाम रखेंगे सौ दो सौ साल मेंटली हजार साल कर देंगे उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दिया उन्होंने ऐसा डिजाइन किया कि टीचर की रिस्पांसिबिलिटी है वो पढ़ा के चला जाए टीचर की रिस्पांसिबिलिटी यहाँ खत्म नहीं हो जाती है पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता है टीचर की इससे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है उसे समझाना वो समझा कि नहीं समझा अगर लड़का आपके समझाने के बाद डाउट रह गया तो ये आपकी गलती है लड़का हमसे पूछता है सर इतनी भीड़ है आपके पास तो कहे सर डाउट कैसे पूछेंगे हम कह रहे तुम्हारा डाउट बचेगा तब ना पूछेगा तुम डाउट यहाँ पर कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है का आंसर मानना पड़ेगा और शायद यही वजह है इनकी जो ग्रोथ है उसका किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पिछले दो साल के अंदर अंदर जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे आपके तीस हजार के करीब सब्सक्राइबर्स थे आज की डेट में सत्रह मिलियन है और मेरा एक क्वेश्चन और है इससे पहले की ऑडियंस में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल है या थोड़े से सेंसिटिव है जिसके ऊपर बात करने की हिम्मत आई थिंक बहुत ही कम लोगों में तो आपको कभी यह नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है इसको थोड़ा रोक देते हैं थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को तो आप कुछ भी बोल दो कितना करना है मतलब करना है तुम सामने कुछ भी रहो ड मैटर और मैंने यूट्यूब पर देखा कुछ वीडियो में कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहां <laughs> पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे आ, कुछ गिरे थे कुछ तो बहुत सॉलिड जगह गिरा था फटा नहीं वो मतलब आपके आसपास बम को भी पता है कि टीचर की इज्जत किया जाता है क्या <laughs> <laughs> <laughs> क्या बात है, क्या बात है है <laughs> मैं समझ पा रहा हूं कि ये आपके अंदर जो एटीट्यूड है ये कहां से आ रहा है क्योंकि आप बचपन से ही फौज में जाना चाहते थे तो आप जंग के मैदान में ही खड़े हैं एक तरीके से बस फर्क यह है कि आपके हाथ में कलम है हथियार ना होकर के हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है हाँ। कलम से बहुत ताकत होता है शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना हर कुरीतियों से लड़ सकता है हर तरह की समस्याओं से और ये एक ऐसा हथियार ये मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ता है हाँ, मेरा क्वेश्चन हाँ। ये है कि अभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में पीटने का पनिशमेंट का ये सिस्टम जो है खत्म हो गया है हम आपके वीडियो में देखे सर कि आप एक बड़ा सा रोल रखे रहते हैं पुलिस वाला लाठी हाँ, है पुलिस वाला लाठी है और स्टेज पे बुला के बच्चों को उसी से धुनाई शुरू कर देते हैं मस्त एकदम से है ना <laughs> तो सर मतलब कि बच्चे मतलब कि डरते नहीं है आपसे और इस तरीके से कैसे कनेक्टेड है आपसे है ना और एक एक और क्वेश्चन सर यूपीएससी का जो आप अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है उसके बारे में बताइए सर क्योंकि मुझे मतलब उसे शो करना है सर ठीक है और संदीप सर को देख लिए मेरा तो वैसे ही हो जाना है क्या हो जाना है मेरा <laughs> पूरा कंप्लीट करो आई एल बी एन आई एस ऑफिस नेक्स्ट इयर बिकॉज आई है बेस्ट थैंक यू सो मच सर थैंक यू पूरा बोला करो थैंक यू देखिए लड़कों को जहां तक पीटने की बात है जब पढ़ाने की बात आएगी तो उसको हम पूरे बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे लेकिन जब सजा देने की बात आएगी ना तो वो भी बेहतरीन ढंग एक एक और, तो और करने की जरूरत है फिर तो ये हम इसको क्रॉस कर जाएंगे आप तो लड़कों के अंदर यह डर बनाना भी जरूरी रहता है और यही बात यूपीएससी वाले की जो आपने बोला बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं यूपीएससी की क्योंकि दो ढाई लाख फीस सारे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते और हमारा वही रहता है हम हम तो ज्यादातर तो हमारे स्टूडेंट देखेंगे तो किसी के रिक्शा वाला सब्जी वाले यही लोग इनको तो ढाई लाख रुपया इनके पास पूरी संपत्ति नहीं होती है फीस कहां से भरेंगे वहां पे उसके बाद रहेंगे कहां से तो ऑल ओवर इंडिया से कश्मीर से कन्याकुमारी तक गरीब से गरीब भी लड़का उसको पढ़ सकता है यही कुछ हजार रुपये मंथली बारह चौदह साल का पड़ेगा खत्म हो जाएगा इतना नहीं ये जो डंडे वाली बात इन्होंने कही ये सच है मतलब आप हाँ सच, सच में एक सचा रखते हो पुलिस का ही है वो और मारते हो हाँ अगर मतलब कोई लड़की छेड़ता है या ऐसा कोई भी उल्टा काम करता है कुछ भी गलती करेंगे तो पिटाएंगे वो यहाँ पे पे ऑन कैमरा जैसा भी रहे कुछ भी पिटाना तो उनको फिक्स है एक तो कोई मतलब विधायक जी थे उनके लड़का को पीट दिया तो चलाए दल बल लेके अपना वहां पे उसने घर पे नहीं बताया था कि सर ने पिटा है बस बोल दिया कोचिंग में पिटा है बाद में पता चला हम पीटे हैं तो उसके पिताजी मेरे सामने और पीटे <laughs> सर आपका सबसे बड़ा डर क्या है आप दोनों का फौजी को डरे नहीं लगता है <laughs> बाकी अफसर से पूछिए आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था लेकिन अब मुझे इनकी डंडे वाली कहानियां सुन करके डर लग रहा है कि कहीं मैंने गलती से कुछ बोल दिया अरे और इन्होंने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है और यही आ करके अगर इन्होंने मेरी पिटाई कर दी तो बहुत बुरा हो जाएगा तो इसलिए हमको थोड़ा डर लग रहा है <laughs> आपकी डेली कितने घंटे क्लासेस होती है छह सात घंटे अभी भी खुद ही करते हो आप हमारे स्टाफ परेशान रहते हैं हम डेढ़ दो बजे सोते हैं सुबह छह बजे उठ जाते हैं परेशान रहते हैं इतना क्यों करते हो उनको साथ साथ लगना पड़ता है हम जग गए तो कोई सोया थोड़ी रहेगा परेशान दिन में सोते ही नहीं है बेचारा कहीं कहीं जाके सोते रहता है हम सीट बांध दिए भाई तुम इस समय सो जाना तुम इधर सो जाना आपकी शादी हो गई है नहीं हुई अभी मेरी खुशहाली देख के आप आइडिया लगा सकते हैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू से सर थैंक यू सो मच टू यू एंड टू योर टीम कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया एंड सर अब तक मैंने आपको सिर्फ फ़ोन या लैपटॉप में ही देखा है दोनों को आज फर्स्ट टाइम लाइव देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरा क्वेश्चन ये है सर आपसे जब हम लाइफ में कोई डिसीज़न लेते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है और क्योंकि हम डिसीज़न लेते हैं तो हमारी आदत है कि पहले हम चार लोगों से पूछते हैं कि तू बता तेरी क्या रहा है तू बता तेरी क्या राय है तो उनमें से अगर कोई हमें कह देता है कि ये बेकार डिसीजन है मत कर तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने लगता है और उसकी वजह से हम अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे हम अपने डिसीजन पे स्टिक रहे कैसे हम जो दूसरे के ओपिनियन है उनको अफेक्ट ना होने दें अपने ऊपर दूसरे से सलाह लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए ताकि आप सामने वाला क्या सलाह दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपीरियंस होता है तो अगर आपको पहले से आइडिया है उसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से रिसर्च किए हैं कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है क्या निगेटिव है उसके बाद आप किसी से सलाह लेने जाइए ये ना कि मन में सीधा गड़बड़ा जाएगा तुम तो तू पे पहले आपको आरएनडी करना पड़ता है समझा कि नहीं और जिंदगी हो या गाड़ी जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर रहा है तो डिसीजन चेंज करना बहुत ज़्यादा गलत नहीं है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और मैं इसी बात में थोड़ा सा और ऐड ऑन करूंगा कि ये जो आपने कहा ना कि अपने डिसीजन पर स्टिक कैसे रहे ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपने डिसीजंस को चेंज करना होता है जैसे आपने चार लोगों से डिस्कस किया कोई इंसान कुछ पॉजिटिव बोल रहा है कोई नेगेटिव बोल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए करता है कि वो जो बोल रहा है, उसका क्या है क्या वो किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा है या ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है ऐसे ही बोल रहा है तो फिर उसकी बात पर ध्यान क्यों दे रहे हो अगर किसी नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहे हैं फिर चाहे वो पॉजिटिव बोल रहा है चाहे नेगेटिव बोल रहे दोनों ही मायने रखता है उसके बाद में रिसर्च करनी है और फिर रिसर्च करने के बाद में फाइनल डिसीजन अपना खुद का होना चाहिए अब वो डिसीजन उससे अलग भी हो सकता है जो आपने पहले लिया था और वो सेम भी हो सकता है सर मेरा क्वेश्चन दोनों से है आपसे हाउ टू डील प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लेजीनेस हमारा ब्रेन है ना ये बहुत आलसी टाइप का इसको आराम खोजना पसंद है अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेकर चलेगा ना तो फिर उधर ही रहेगा आप सोचेंगे दस मिनट आराम कर लेते हैं ना तो दस मिनट दो घंटा बना देगा उसको टॉर्चर कीजिए जल्द दस मिनट बाद में उसको आप उस पर हावी मत वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए आपको हाँ आराम मिलेगा पहले काम पहले काम फिर मिलेगा आराम तो आप उसके हिसाब से मत चल आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं कोई नोटिफिकेशन आया आप कोई काम कर रहे हैं क्यों पहले काम कर लीजिए बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे अगर आप पांच मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं दो घंटा बर्बाद कर दिया आपको हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर प्रोकिनेशन को तोड़ने का एक ही तरीका है सबसे छोटे लेवल पर ले जाकर के उस गोल को तोड़ दो यानी वो गोल बहुत बड़ा है उसको ब्रेक डाउन करो उसके सबसे पहले स्टेप पे आ जाओ कि उसको अचीव करने का सबसे पहला स्टेप क्या है जैसे गाड़ी चलाना सीखना है उसका सबसे पहला स्टेप क्या है अगर घर में कोई नहीं है सिखाने वाला या सिखाने वाली तो बाहर जाकर के जो गाड़ी का ड्राइविंग स्कूल है उधर जा करके पैसे दे दो अब फंस गए ना तो फंसा दो अपने आपको दिमाग ये लगाओ कि अपने आपको कैसे फंसाया जाए जब हम फंस जाते हैं ना तो फिर हमको वो काम करना ही पड़ता है देन देर इज नो लुकिंग बैक जब तक आप सोच रहे हो तब तक सोच रहे हो उसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस कि आप सोचते चले जा रहे हो अपने माइंड में मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा वो करूंगा और प्रोग्रेस हो रहा है वो चीज़ टलती चली जा रही है तो उसको छोटे से छोटे लेवल पे ब्रेक डाउन करके उसको कर दो दैट इज नंबर वन और जैसे ही करना शुरू करते हो कोशिश करो कि उसको जब तक कि आप सही से नहीं कर लेते हो उसको छोड़ना नहीं है तो आपकी लेजीनेस भी खत्म हो जाएगी कई लोगों को तो हमने देखा जो सप्ताह में कुछ भी नहीं करता वो भी संडे को आराम कर रहा है वैसे कहा भी जाता है कि अगर कोई काम आपको करवाना है ना तो ऐसे किसी इंसान को दो जो बिजी है हाँ। ऐसे आदमी को मत दो जो खाली है ये परफेक्ट एग्जाम किसी को भी आप देखिएगा जिसको आप कहते हैं कि मतलब थोड़ा ठीक ठाक आप समझते हैं कि नहीं ये बहुत आगे गलत वो एक काम को खत्म करने के बाद कभी आराम नहीं करेगा एक काम खत्म हुआ उसको लगेगा हाँ एक खत्म हो गया आप दूसरा करना चाहिए और वही जिसको देखिएगा एक खत्म हो गया और आराम करना चाहिए कभी नहीं लाइफ में आखिरी सांस तक तो so, पे सब हिंदी में में में में पूछते में पूछते इंग्लिश में मैं भोजपुरी में पूछूं। भाषा ठीक लगे नहीं पूछ दो। सारा ये चाहते कि जिसे हमने करे नारा कम्पलीट ना हो, अगर भी हो तो इरिटेशन या फिर वो एनजायटी या फिर और करना है या फिर अभी नहीं हुआ हमेशा तो वो कम कैसे जाए देखिए टारगेट्स को को ना हम को एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के हम टारगेट फिट कर ले कोई लड़का आठ घंटा पढ़ रहा है कोई पहली बार अभी पढ़ना ही चालू किया उसको देख के आठ घंटा पढ़ेगा तो पढ़ाइए छोड़ देगा <laughs> <laughs> तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से देखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं अगर आपने एक एक घंटे को बना लिया कि हम एक घंटा पढ़ सकते हैं अगले एक हफ्ते तक उसको सस्टेन रखिए जिम में कैसे करते हैं लोग पहले दिन उठा लीजिएगा एक कुंटल तो हार्ट अटैक हो जाएगा <laughs> तो वो धीरे धीरे टारगेट सेट कीजिए और अपनी क्षमता को भी देखिए हर इंसान की क्षमता अलग है कंगारू को देख के हाथी छलांग मारेगा पैर तोड़ के बैठ जाएगा <laughs> <laughs> <laughs> <अब> संदीप मोटिवेशन <का laughs> देख के इसका मतलब क्या कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएंगे ढकेल देंगे तुमको हालांकि ऐसा कर देते हैं लेकिन ऐसा करिएगा लोग नहीं क्षमता पता होना चाहिए <laughs> आपके अंदर एंगजाइटी हो रही है कि मैंने कर तो लिया है आप ये नहीं कह रहे कि मैंने कुछ भी नहीं किया है फिर मेरे को एंग्जाइटी हो रही है आप ये कह रहे हो मैंने काफी कुछ कर लिया है फिर भी एंगजाइटी हो रही है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है तो बेसिकली आपको यह देखना है कि अगर आपके अंदर एंगजाइटी हो रही है दैट मीन यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट आप एक अच्छे स्टूडेंट हो क्यों क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं उनको पढ़ने के नाम से एंगजाइटी होती है तो आपको एंगजाइटी हो रही है कि मैंने पढ़ लिया दिन में मानो आठ घंटे का आपने टारगेट सेट किया और छह घंटे पढ़ लिया या मान लो आठ घंटे भी पढ़ लिया फिर भी एंगजाइटी हो रही है कि मैंने दस घंटे नहीं पढ़ा तो ये तो अच्छी क्वालिटी है ना ये तो एक ब्रिलियन स्टूडेंट की क्वालिटी है क्योंकि एंगजाइटी उसी को होती है जो केयर करता है जिसको परवाह है उसी की तो एंगटी होती है जैसे माँ को अपने बच्चे की जैसे एक माँ को अपने बच्चे के, जैसे एक माँ को अपने बच्चे को लेकर के एंगजाइटी होती है हंसलो हंसलो मजाक उड़ा लो <laughs> कोई बात नहीं एडिट कर देंगे इसको हम हाँ। <laughs> जैसे एक मां है उसको अपने बच्चे को लेकर के एंग्जाइटी होती है थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाए उसको एंग्जाइटी होती है चाहे बच्चा ठीक भी है डॉक्टर को नहीं होती है क्यों क्योंकि माँ को उस बच्चे से प्यार है तो दैट मीन्स कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो इस वजह से आपके अंदर एग्जाइटी हो रही है विच इज नॉर्मल जहां पर प्यार मोहब्बत होती है वहां पर थोड़ी बहुत एंजाइटी तो होती ही है ना समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ रहे हो ना मैं कहा जा रहा हूं <laughs> जब वो किसी और से बात करती है तो एंजाइटी होती है ना सर <laughs> आपकी स्टोरी हमने सुनी थी तो एक टाइम आया था जब आप गंगा किनारे जाके बैठ गए थे उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उस समय मतलब आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि अब आगे नहीं यहां से वापस जाना है रास्ता ही नहीं था घर <laughs> जाने के लिए एटलीस्ट नब्बे रुपए चाहिए थे जेब में चालीस रुपए थे कैसे घर जाते हैं और हम गंगा के किनारे चुपचाप बैठे बैठे हम कहीं कि बहुत टेंशन हो गया अब घर जाना चाहिए रूम पे और किराए तो के रूप पे आदमी सारे लोग रहते गए वहां पर तो रूम लॉक हो गया था तुम खटखटाए तो ऊपर से गुस्सा से बोले जो ऑनर थे क्या टाइम हो गया है तुम कहीं नौ दस बज रहा होगा घर देखिए तो देखिए तो दो बज रहा था रात का दो ढाई बज गया था लगेगा जैसे आप कुछ नहीं हो सकता है तो इससे घबराना नहीं है आप अकेले नहीं है बहुत लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस करी बहुत तरह की प्रॉब्लम देखी बहुत तरह की स्ट्रगल देखी लेकिन वो सब इतने कामयाब नहीं हो पाए जितने की आप हुए तो आपके अंदर ऐसा कुछ ना कुछ है जो औरों के अंदर नहीं है तो वो मैं जानना चाह रहा हूं कि वो ऐसा क्या था जहां से कि आपका दिमाग यहां तक सोच पा रहा है कि मैं पूरे इंडिया में इतने बड़े लेवल का चेंज लेकर के आ सकता हूं एजुकेशन फील्ड में रेवोल्यूशन लेकर के आ सकता हूं ये सोचना ही बहुत लोगों के बस का नहीं है मेरी एक खुद की थिंकिंग है अगर हमको कोई सौ रुपए किसी काम के लिए दिया हम सबसे यही कहते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसे दो का रिटर्न दे अगर कोई हमसे दो रुपया फीस दे रहा है 250 दे रहा है तो हम उसको ये कोशिश करते हैं कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं भैया हमने 10 बीस हजार का फॉल लिए यहाँ पर वो ईमानदारी से कभी कमी नहीं। और हमेशा अगर हम प्रॉमिस का करते हैं तो डिलीवर फोर एक्स करना चाहते हैं इस फर्क को अगर आप समझ पाए तो बहुत आगे जाओगे लाइफ में एक वो होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए हमें कुछ भी करना ना पड़े दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की जिनको जितना मिलता है उसमें भी चोरी चकारी करते हैं या कोशिश करते हैं कि उससे कम दे सामने वाले को जितना कि हमें मिल रहा है तीसरी कैटेगरी होती है लोगों की जो इनके जैसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने किसी से एक रुपये भी लिया देखा जाए तो दो ढाई सौ रुपये कुछ भी नहीं होता है दो ढाई सौ रुपए कैसे उसको चार सौ रुपए की वैल्यू दू ये जो थिंकिंग है ना यही एक फर्क होता है एक ऐसे इंसान में जो बहुत आगे निकल जाता है और उस इंसान में जो मीडिया रह जाता है आप अपने आप को अपने आप के ऊपर समय दीजिए उसको डेवलप कीजिए जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं क्या बात है सर <laughs> ये आपने अभी बनाया है या ये कोई पुराना आपका वो है बनते रहता है <laughs> फ्लो फ्लोर में बन जाता है आपके अंदर ना सर एक कभी छुपा हुआ है कहीं ना कहीं जो बाहर आना चाहता है कभी ना कभी आपने सोचा होगा कुछ आ, कभी कभी देखिए एक चीज़ है संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है इस चीज़ को हमेशा संगति का मतलब लोग हल्के में ले जाते हैं संगति का मतलब होता है संग संग गति तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी घर में रहेंगे तो ये भी होता है बट अपने आप को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम केवल जी के मर जाए इसके लिए नहीं आए हैं लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते अपना हमारी एक ही सोच है कि जाने के बाद इस दुनिया से हमको मतलब एक चीज़ देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि वो याद करें कि इस पैसे की भाग दौड़ की दुनिया में हर कोई दोनों हाथ से लूटने में लगा है खाली हाथ जाने के लिए ये सबको लगा है तो हर कोई को ये सोचना चाहिए कि था कोई इंसान जो इतने कम फीस में इतनी शिक्षा जो महंगी थी जो कमाने का रास्ता था उसको भी एकदम कम्पटिशन इतना कर दिया कि अब लोगों को अपनी फीस बढ़ाने में डर लगता है कि अरे यार लड़का कमेंट करता है कि खाइन सर इतना ले रहे हैं आपका टीचर हो हाँ सर ये एक क्लिप है ये समय और समझदारी में बहुत फ़र्क होता है अगर समय रहते समझदारी आ गई तो इंसान कामयाब हो गया लेकिन अगर समय चला गया फिर समझदारी आई फिर तो बेकार है तो सर मतलब कुछ आपको ऐसी चीज़ लाना चाहिए जो मतलब बच्चों जो तैयार हो रहे हैं उनको ये चीज़ें मतलब इन टाइम पर दिखे समझ रहे मेरी बात नहीं समझ यही होता है सर नील का मोटिवेशन ज़्यादा हो जाता है जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं, तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए से ज्यादा अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरफ मेहनत करना सीखिए तब राजा ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है तू अपने बनाए इस पिजड़े से बाहर निकल के देख तू अपने आप में एक सिकंदर है थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग बहुत मजा आया मेरे को आपके साथ में इंट्रैक्ट करके आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा थैंक यू सो मच